आज इन के टीचर तुम्हें कोविड नाइन्टीन के बारे में कुछ अच्छा सिखाने वाला है और क्यूँ हम घर से बाहर नहीं जाएंगे वे भी सिखाने वाला है कोविड नाइन्टीन एक वायरस है जो तुम्हें बहुत आसानी से बीमार कर सकता है कोविड नाइन्टीन बहुत ही बुरा है जिस जिस लक्षण से ये हो सकता है बुखार गले में दर्द खांसी और सांस लेने में मुश्किल है महीने का खत्म नहीं फिर भी मेरे पैसे खत्म हो रहे है। अगर वायरस से बचना चाहते हो तो हर दिन अच्छे से साबुन से हाथ धोना पड़ेगा और बिना कारोन ऐसी घर से बाहर जाना बंद कर देना पड़ेगा ओह मतलब अगर एक बीमार हो जाए करोना से तो सब धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे मेरी बेटी तुम सही बोल रही हो इंसाफ के टीचर इसके संक्रमण थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते अरे नहीं ये तो बहुत ही खतरनाक है इसके लिए हमें घर पे रहना चाहिए अच्छा रहना चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी हम लोगों को सबसे अलग रहना पड़ेगा हाँ अभी ये अकेला हो गया है तो ये हम लोग कोविड नाइन्टीन के संपर्क से बचे हाँ हाँ हा, हा, अब इन के टीचर घर पे रहेंगे पैसा बचाएंगे दोस्तों इस वीडियो को कुछ भी करे फिर भी शेयर करें अपने दोस्तों को स्टे स्टे स्टे होम सेफ लोकल फॉर एवरी ऐसे ही